इंसान की तारीख में ये बात लिखी गई है कि इंसान हमेशा माशरे में रहना पसंद करता है इंसान हमेशा माशरत को पसंद करता है और हमेशा वो अपने सोसाइटी में लोगों के इर्द गिर्द रहना पसंद कर लेता है लेकिन जिंदगी में एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि जब इंसानों की एक टीम बन जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है एक कम्युनिटी बन जाती है तो वो कम्युनिटी फिर और लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकती वही कम्युनिटी फिर और लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती और वही लोग फिर से जुदा हो जाते हैं और जब वो जुदा हो जाते हैं तो एक नई कम्युनिटी की शक्ल इख्तियार कर लेती है एक नया माशरा उससे बन जाता है अच्छा जब भी इंसान माशरे में रहता है और माशरे में वो ज़िंदगी गुजारता है तो माशरे के साथ लोयल भी होता है और उसी माशरे में वो खुश भी होता है लेकिन जब एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि इंसान लोयल भी होता है इंसान अपने माशरे के साथ ऑनेस्ट भी होता है तो ऐसे में माशरे के बाज लोग उसके अखलाकियात को लेके, उसके ज़्यादा अच्छा होने को लेके, उसको एज ए टूल यूज़ कर लेते हैं और उसको किस तरह यूज़ कर लेते हैं उसके अच्छाई को उसकी सच्चाई को एक ऐसा ट बना लेते हैं कि उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर लेते हैं और उसको विक्टम बना देते हैं अपनी सोसाइटी का तो जब भी वो कुछ कर लेता है उस पर ज्यादा क्रिटिसिजम हो जाती है लोग उसको तरह तरह की अजीब बातें करते हैं और उसका दिल बढ़क जाता है अपनी सोसाइटी की उस प्रेशर्स की वजह से तो जिंदगी में याद रखना हर चीज़ मॉड्रेशन में रखनी चाहिए हर चीज़ दरमियानी रास्ते पर लेके जाना चाहिए इंसान ज़्यादा शराबत में रह के ज़िंदगी नहीं गुजार सकता ज़्यादा अखलाकियात के साथ भी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता इस पॉइंट को समझे शराबत और अखलाकियात अलग चीज़ है लेकिन जब इंसान की इज़्ज़त पे कोई डागा डाल लेता है तो वहाँ पर इंसान को अपने डिफेंस में बहुत कुछ करना पड़ता है क्योंकि इसके रीज़न ये है कि उसकी डिफेंस न सिर्फ उसके लिए अपने आप के लिए इम्पोर्टेंट होती है बल्कि पूरे माशरे के लिए वो इम्पोर्टेंट होती है उसकी डिफेंस तो उसके लिए डिफेंस इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि माशरा अपने बुरे नज़र उससे हटा लेती है और साथ साथ पूरा माशरा इस अलमिया से बच जाता है कि जब ये इंसान लोगों की बुरी नज़रों से बच जाए अपने डिफेंस की वजह से तो जब और लोग आएंगे उस की तरह और वो एक लिमिट में ज़िंदगी गुजारेंगे अच्छाई के साथ जिंदगी गुजारेंगे तो सोसाइटी वाले उसको विक्टम नहीं बनाएंगे सोसाइटी वाले उसको एज अ टूल यूज़ नहीं करेंगे और सोसाइटी वाले उसको लेके माशरे में बुराई का जहर फिर से नहीं फैलेंगे और इसी चीज़ को आगे लेके जाना इसका मतलब ये है कि हमें इतना सीखना चाहिए कि हम उसी आलम में रहें उसी टाइम पर रहें कि जहाँ पे ज़रूरत होती है ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर बयान कर लेना या ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को ले जाना अपने लाइफ में या ज़रूरत से कम चीज़ों को करना ये लाइफ को बाज़ात बहुत मुश्किल बना देती है और जब भी इंसान क्रिटिसिज्म में आ जाता है जब भी इंसान लोगों के आंखों में आ जाता है तो उसकी शराबत उसकी अच्छाई उसके लिए कोई माने नहीं रखती क्योंकि सोसाइटी को लेके जिस तरह सोसाइटी होती है उसी तरह डील भी करना होता है और वही होती है साइकलॉजिकल प्रॉब्लम से बचने का वाद रास्ता कि हमेशा मॉड्रेशन में रहना हमेशा रास्ते को चूज़ कर लेना तो शराब पत अपनी जगह लेकिन सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी होती है न सिर्फ अपने आप के लिए बल्कि और माशरे के लोगों को भी इस विक्टिमाइजेशन से बचाने के लिए शुक्रिया